उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा में ग्रामीणों ने विकास यात्रा को रोक दिया ग्रामीणों ने विकास यात्रा में शामिल विधायक शिवनारायण सिंह को घेरा और उनको खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पानी की समस्या का निपटारा क्यों नहीं किया भाजपा सरकार की विकास यात्रा का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है उमरिया की बांधवगढ़ विधानसभा में विकास यात्रा को ग्रामीणों ने रोक दिया और विकास यात्रा को लेकर पहुंचे विधायक शिव सिंह से सवाल किया जनता ने विधायक को घेरते हुए कहा कि हमारे यहाँ पानी की समस्या का कोई निपटारा नहीं हुआ है